फ्री ऑफ कॉस्ट आँख का ऑपरेशन करते हैं लोगों का और गरीब लोगों को किराया भी देता है ये भंशाली चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ये सस्ता जो एन है जी ये पिछले नाइनटी से यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में करने के बाद में दो चार दिन जो भी यहाँ रुकना पड़ता है वहाँ रहना खाना पीना सब चीज़ होता है नमस्कार जय हिंद अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहाँ पे आँख का ऑपरेशन वगैरह और चेकिंग हो रही है मुझे पता चला कि यहाँ पे फ्री चेकिंग की जा रही है तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे जाने की कोशिश की आखिर किस तरीके का आँख चेक किया जा रहा है और इससे लोगों को किस तरीके का फ़ायदा हो रहा है बताया जाता है कि एक एन के माध्यम से ही आँख का ऑपरेशन किया जा रहा है जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है ये देश के सारे कोने में जाकर इस तरीके का आयोजन करके लोगों को समाज सेवा कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ के डॉक्टर मौजूद हैं मैं उनसे कुछ बात करूंगा आखिर इस एनजीओ कांसाली चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से संस्था जो एनजीओ है में फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं लोगों का और गरीब लोगों को किराया भी देता है आने जाने का और ऑपरेशन करने के बाद में दो चार दिन जो भी रुकना पड़ता है वहाँ रहना खाना पीना सब फ्री होता है इस प्रकार से ये कार्य करती है और उससे पहले हमारे प्रचारक लोग जो है हर गांव में हर क्षेत्र में घर घर जाकर के लोगों को इस चीज़ की जानकारी देते हैं उसके बाद हमारी डायग्नोस्टिस टीम आती है वो जाँच करके जिनका ऑपरेशन लायक केसेस रहते हैं मोतियाबेंद कैट्रेक पका हुआ रहता है मोतियाबेंद उनको ऑपरेशन के लिए वहाँ बुलाते हैं बोध गया वहाँ पर दोबारा जाँच करते हैं और पूरी शारीरिक जांच के बाद में अगर फिट फॉर होता है ऑपरेशन के लिए तो वो ऑपरेशन किया जाता है और सभी को आँख में लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है देखिए लेंस तक की सुविधा फ्री में दी जाती है तो आप बताइए कि ये एनजीओ के माध्यम से चल रहा है से तो ये जो है बिहार में इसका कहाँ कहाँ पे जो है इसका सेंटर बनाया गया है इसमें शुरुआत से तो ठीक अभी बहुत मतलब इसका एरिया विस्तृत हो चुका है हम लोग नवादा डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद औरंगाबाद गयापुरा ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है कवर करते हैं और हर क्षेत्र में हम लोग हर गांव-गांव जाकर के जांच करते हैं और तीन महीना पहले से जांच होती है लेकिन पिछले दो साल से लॉकडाउन के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया लेकिन अब ये लग रहा है रेगुलर चलेगा। जी तो ये बिहार में आप बताएं कि सब जगह होता है तो पहले आप प्रचार गाड़ी से इसका प्रचार कराते हैं और उसके बाद लोगों को एक जगह पे इकट्ठे करने के लिए गुजारिश करते हैं उसके बाद आपकी टीम आती है और यहाँ पे जाँच प्रक्रिया शुरू करती है यदि यहाँ पे जाँच हो जाती है लगता है कि इनकी रिक्वायरमेंट है लेंस वगैरह की मतलब वहाँ आना पड़े जाँच करने के लिए इसलिए गाँव में ही जाँच करके उनको वहाँ पर ही बता दिया जाता है जो बनने लायक जिसका रहता उन्हीं को वहाँ ना रहता है जी देखिए किस तरीके से फायदा हो रहा है एक एनजीओ के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा हो रहा है और मैं कुछ लोगों से भी बात करूँगा सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार जैक्शन से बात करने के लिए धन्यवाद जी देखिये कितनी अच्छी एन है जो कि लाखों लोगों को फायदा पहुँचा रही है यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं जो कि इलाज कराने आए हैं मैं उनसे बात करूँगा आपका नाम जी तो आपको किस तरीके से फायदा हुआ है तब अभी तो हम दिखाएंगे अभी आए हैं अभी दिखाएंगे उसके बाद ये बता पाएंगे और भी कुछ हैं लोग यहाँ पे मौजूद चलिए आइए बात करते हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके से पर्ची कट रही है वो भी मैं दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा आइए मैं यहाँ से दिखाता हूँ लोगों को किस तरीके से बात कर रहे हैं क्या नाम है आपका सत्येंद्र प्रसाद तो आज आप किस चीज़ की जाँच कराने आए हैं तो इससे पहले आपकी इलाज हुई है आँख में नहीं नहीं हुई है तो आ, क्या लगता है आपको इसे? पहले आप कहीं पे इलाज कराए हैं आपका नहीं कराएं। पहली बार इलाज करा रहे हैं क्या भरोसा है कैसा होगा आपका सही हो सही होगा देखिए पूरी तरीके से भरोसा है एनजीओ पे और एनजीओ बहुत दिनों से काम कर रही है, है और एक विश्वसनीय एन जी है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे पर्ची काट रहे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा सबसे पहले आपका नाम मुंगेरी पासवुट तो ये पर्ची जो काटी जा रही है वो कितने दिन के लिए वैलिड होती है कितने दिनिड रहा है पाँच तारीख तक पाँच तारीख तक वैलिड रहेगी और पाँच तारीख के बाद यदि कोई मरीज आता है तो उसके बाद उस फिर से पर्ची काटी जाएगी हाँ इकतीस हाँ, मार्च तक कैंप लग रहा है इकतीस मार्च तक ये कैंप जो लगता है वो साल में कोई ये कैंप जो लगता है वो साल में कोई डेट फिक्स होती है किसी दिन लग जाती है नहीं डेट फिक्स होता है कौन से डेट को लगता है ये कैंप साल में दो बार बनता है मार्च महीना में और एक नवम्बर के समय दिवाली के बाद से साल में दो बार लगती है ऑपरेशन के लिए लोगों को जाना पड़ता है कहाँ जैसे स्कूल में सेंटर बनाया जाता है इमामगंज का मरीज़ है तो यहाँ बोधगया ना जाके यहीं इमामगंज में उसको सुविधा हो जाए समझे? और जो छूट जाता है यहाँ से बाकी बोधगया गया जाए वहाँ जाँच कराकर वहाँ जी देखिए किस तरीके का फ़ायदा यहाँ पे लोगों को हो रहा है और इस तरीके का फ़ायदा लोगों को इस एनजीओ के माध्यम से मिल रहा है यदि यदि ये इलाज बाहर कराया जाए प्राइवेट में तो कितना पैसा लग जाता है कम से कम 10 से बारह हज़ार रुपया और जैसा क्वालिटी का प्लेंस लगाइएगा बीस हज़ार पचास हज़ार लाख रुपया तक भी जी देखिए बहुत तरीके का बहुत जोरदार फायदा हो रहा है इस एनजीओ से और मैं लगातार प्रयास करता रहूं कि हर पॉजिटिव नेगेटिव खबरों को आपका दिखाता रहूं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आखिर चल क्या रहा है मेरा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैमरा प्रीतम के साथ मैं प्रकाश अग्रवाल फ्राम बिहार जैसा जय